आप फ्रेंड जीबी बी में जिससे चैट करते हैं उसका फ़ोटो हाइड करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे अभी मैं पहले आपको दिखा देता हूँ ये चैट है इसको ओपन करा यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो दिखाई दे रहा अभी हम क्या करेंगे थ्री डॉट पे जाएंगे जीबी सेटिंग पे जाएंगे चैट स्किन पर जाएँगे एक्शन बार पे जाएंगे हाइड कॉन्टैक्ट प्रोफाइल पिक्चर पर जाएंगे इसको अनेबल करेंगे अभी आप ऊपर भी देख पा रहे होंगे वो फ़ोटो वहाँ से हाइड हो जा रहा है अभी हम व्हाट्सएप चैट पे जाएंगे यहाँ चैट ओपन करेंगे अभी यहाँ प्रोफाइल फ़ोटो शो ऑफ नहीं हो रहा है किसी भी चैट का प्रोफाइल फ़ोटो शो करने के लिए आप यहाँ से बैक जाएंगे थ्री डॉट पे जाएंगे जीबी सेटिंग पे जाएंगे चैट स्किन पे जाएंगे एक्शन बार पे जाएंगे हाइट कांटेक्ट प्रोफाइल पिक्चर को डिसेबल कर देंगे अभी वहां पे जाएंगे ओपन करेंगे अभी प्रोफाइल फ़ोटो शो ऑफ हो रहा है